तू था कल भी तू इस पल भी तुझसे सब है साया तू ही मेरा दिल भर तू ही मेरा रब है तू ही मेरा पता तू ही बता के कैसे कहूँ अलविदा

से हूँ मैं जावेद

मैं तेरी सुबह में, में जागा तेरे बिन कुछ नहीं मैं सांसों का जुड़ गया तुझसे ही हर खरीदा तू नहीं तो नहीं मैं तू अगर जो नजर फेर ले मरना जाऊँ कहीं देख

कल भी तुर से पर भी तुझसे सब है रसाया